मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेष राशि फल के जून माह के इस कार्यक्रम में मेष राशि के जातकों के लिए जून का यह माह कैसा जाएगा इस माह मेष राशि के जातकों के साथ आ, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी जून माह में और जून माह को कैसे प्रभावी बनाया जाए कि मेष राशि के जातकों के मार्ग में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनसे उनको कुछ हद तक की निजात मिले इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर और आपकी नाम राशि पर भी आधारित है दोनों पर ही ये राशिफल आधारित है इसके साथ साथ दर्शकों इस माह में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी दृष्टि डालेंगे लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि इस माह हम चंडीगढ़ अमृतसर हिमाचल प्रदेश देहरादून और बनारस आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जो लोग भी यहाँ से हैं हमसे मिल करके अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो मेष राशि के जातकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से हैं तो तीन जून सोमवार दिन रहेगा और शनि जयंती रहेगी वट सावित्री व्रत भी इस दिन रहेगा बारह तारीख को गंगा दशहरा है तेरह तारीख बृहस्पतिवार दिन निर्जला एकादशी देखिए एकादशी प्लस बृहस्पतवार तो संयोग बहुत अच्छा है निर्जला एकादशी है आप लोग इस दिन रह सकते हैं पंद्रह तारीख को मिथुन संक्रांति रहेगी अब देखिए मिथुन संक्रांति क्या है संक्रांति का मतलब होता है सूर्य देव का एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करना अभी जैसे सूर्य देव वृषभ राशि में है तो वृषभ संक्रांति चल रही है मेष में जब थे तो मेष संक्रांति थी आ, मकर में जब आते हैं तो मकर संक्रांति होती इसी तरीके से मिथुन राशि में अब सूर्यदेव आ रहे हैं पंद्रह तारीख से तो यहाँ पर मिथुन संक्रांति होगी 16 तारीख रविवार दिन रहेगा वट पूर्णिमा व्रत 17 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा रहेगी 29 तारीख शनिवार दिन योगिनी एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी होती है और भगवान विष्णु को एकादशी बड़ी प्रिय होती है हमारे तमाम दर्शक जो हमसे लाइव राशिफल में जुड़ते हैं उनको हम बताते भी हैं कि क्या क्या उपाय वो लोग किया करें कि एकादशी का उन लोगों को उपयुक्त फल मिले तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन रात्रि 10 से ग्यारह राशिफल हम बताते हैं उसमें आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं मेष राशिफल जून राशि का कैसा रहेगा इस पर दृष्टि डाल लेते हैं ग्रहों की गोचरी व्यवस्था क्या कह रही है तो शुक्र देव अपने घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य बुद्ध राहू मंगल ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध यहाँ पर देखिए स्वराशि हो गए हैं और मंगल देव भी बुद्ध के साथी हैं सूर्य भी हैं राहु भी हैं देवगुरु बृहस्पति जी हाँ देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वृश्चिक राशि में शनि और केतु ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसी आधार पर और चंद्रमा को मानक मान करके जून माह का राशिफल तैयार किया गया है सबसे पहले यह माह आप जिस कार्य को अपने हाथ में लेकर लेंगे उसमें आप सफल होते हुए नजर आएंगे क्योंकि आपका जो पराक्रम है यहाँ पर पराक्रम के स्वामी खुद अपने घर में आ गए हैं दूसरा राहु यहाँ पर उच्च के हो गए हैं तो इस माह आप किसी से दबने वाले नहीं हैं जिस कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसको अंजाम तक भी आप लोग पहुँचाते हुए नजर आएंगे चाहे वो धन से रिलेटेड बात हो फिर चाहे वो आपका जो है व्यापार से रिलेटेड बात हो जो भी सोचे के वो चीज इस माह आप पाएंगे सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी मन में कोई नई जो है आपकी प्लानिंग आएगी कोई नए विचार आएंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के सबसे बड़ी बात जो लोग जो छात्र इस माह नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो चूंकि आपकी अधिपति का स्वामी जो मंगल है मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ी उच्च राशि पर अपने पढ़ रही है तो बेरोजगार लोगों को कोई नया रोजगार मिलेगा फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो दूसरा बताना चाहेंगे कंपटीशन से रिलेटेड कंपटीशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो बहुत हद तक की आपके फेवर में ही वो रिजल्ट आएंगे इसके साथ साथ कम मेहनत में अधिक लाभ अच्छा लाभ कैसे प्राप्त करें यह माह आपको दे करके जाएगा लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और ये यात्राएं आपकी सकारात्मक होंगी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने साहस और धैर्य का उचित इस्तेमाल इस माह आप करते हुए नजर आएंगे। आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा और आपकी शक्तियों में इजाफा होगा जी हाँ दर्शकों ने शक्तियाँ क्यों कहा है? शक्तियों में इजाफा क्यों कहा है पराक्रम इस माह बहुत अच्छा रहेगा और दो मतलब मंगल भी हैं राहु भी हैं और बुद्ध भी हैं सूर्य भी हैं तो इस माह बता तो रहे कि सबसे ज़्यादा पराक्रम किसी में यदि रहेगा तो मेष राशि के जातकों में रहेगा वहीं आप, आपके अपने छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद की स्थिति होती हुई भी दिख रही है इस माह में आपको स्वास्थ्य संबंधी Uh, कोई दिक्कत हो सकती है और का, कानों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ये माह आ सकती है समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी दूसरों के साथ मिलकर किए गए कामों में आपको अच्छा लाभ होगा कार्य क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी किसी व्यक्ति के शुभ योगदान से उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे कानूनी विवाद व अदालती कार्यों से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आएगी संतान के संबंध में हालांकि थोड़ी सी आपको चिंता रह सकती है और लेकिन संतान का जो रिजल्ट रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा संतान के स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको चिंता रहेगी लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दाम्पत्य जीवन का उत्तम सुख प्राप्त होता रहेगा कुटुम्बीजनों से ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने कुछ एक्स्ट्रा नई जिम्मेदारियाँ आपको मिल है, आपको निभानी पड़ सकती है आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कामकाज में आपको अच्छी सफलता यह माह प्राप्त होती हुई नजर आ रही है वहीं इनकम की बात करें तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है क्योंकि शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके इनकम के घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ होता हुआ नजर रहेगा इस माह आप लोग देखिए कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड गैजेट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं चूँकि देखिए यहाँ पर सुखेश जो बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं और जब भी चंद्रदेव जब भी चंद्रदेव देखिए इस माँ कर्क राशि में गोचर करेंगे और जुपिटर की नवम दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर आप कोई बढ़िया सा एयर कंडीशन ले सकते हैं कोई टीवी ले सकते हैं कोई वाहन क्रय कर सकते हैं कोई भूमि वगैरह का आप टुकड़ा या प्लॉट वगैरह का टुकड़ा आप लोग ले सकते हैं तो ये सब इस माह आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा विरोधी वर्ग आपके प्रभाव और शक्ति से भयभीत होंगे छात्रों को परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आएगी धन का निवेश करने के लिए बेहतर समय रहेगा परिवार और मित्र वर्ग की तरफ से आपका मन प्रसन्न रहेगा नए नए लोगों से आपकी मित्रता होगी दांपत्य जीवन सुखद रहेगा संतान का सुख भी उत्तम रहेगा यह महीना मौज मस्ती से भरपूर रहने वाला है घूमने फिरने के लिए आप लोग कहीं पर बाहर जा सकते हैं किसी ठंडे स्थान की आप लोग यात्रा करते हुए नजर आएंगे प्रतिद्वंदियों को पिछाड़कर आप आगे बढ़ेंगे उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर जुड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन यहाँ पर आपको अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है देख लीजिए आप लोग कुंडली में ये आपके छठे स्थान पर पड़ रही है तो कोई आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन आप अपने पराक्रम के बल पर उनको दबाते हुए नजर आएंगे इस महीने नौकरी संबंधी चिंताएँ आपको खत्म होंगी संतान की तरफ से बहुत ही सुखद परिणाम आपको मिलने वाले हैं मान एवं धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी चूंकि जो जुपिटर बैठा हुआ है जुपिटर देखिए यहाँ पर अष्टम में बैठा है अकल्ट स्थान होता है दूसरा अष्टम में बैठ के अपनी पंचम दृष्टि जो है द्वादश भाव ट्वेल्थ हाउस पर दे रहा है अपने घर को स्वर राशि को देख रहा है तो धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी धार्मिक यात्राओं के योग हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में आपका धन कुछ खर्च हो, होता हुआ नजर आएगा जनहित के कार्यों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा आपकी वाड़ी का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा इसमें आप बहुत मीठा बोलेंगे जो सेकेंड हाउस होता है ये आपकी वाणी का होता है लेकिन अच्छा तो बोलेंगे लेकिन किसी को इतना अच्छा भी मत बोलिएगा कि आपके कुछ काम होते होते ही स्टॉप हो जाए फुल स्टॉप हो जाए तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगा प्लस दूसरा वाड़ी आपकी बहुत अच्छी निकल के आएगी जीवन साथी के साथ ससुराल के साथ और परिवार के साथ आपका सहयोग उत्तम प्राप्त होगा और आप अपनी योग्यता के बल पर देखिए आपको किसी कि सहारे की जरूरत नहीं है जो मेष राशि के जातक रहेंगे इसमें आप अपनी योग्यता के बल पर उठेंगे आपके अंदर का जो मान सम्मान है उसकी खुद प्राप्ति करेंगे कार्य क्षेत्र पर आपको अशातीत सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी तो ये सब देखिए स्थितियाँ रहेंगी जो भी आप यात्राएँ करेंगे मेष राशि के जातकों आपको फायदेमंद रहेगा परिवार की तरफ से जो आपको क्या कहते हैं सुख मिलेगा उसमें वृद्धि होगी बुजुर्गों का साथ मिलेगा भाई बहनों का साथ मिलेगा और घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है मेहमानों का आवागमन पर बढ़ता हुआ दिख रहा है दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक, तो वो भी बहुत अच्छा होगा काफी कुछ अच्छी चीजें इस माह गठित होने वाली हैं, तो इस माह का आप लोग आनंद लीजिए दूसरा हम आप लोगों को चलिए अब उपाय बता देते हैं लेकिन उपाय पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना आइकन दबाइए और हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप लोग अपने शहर में हमसे मिलना ना भूलिए चंडीगढ़ आ रहे हैं अमृतसर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं बनारस आ रहे हैं और देहरादून आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग मिल सकते हैं तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा किसी एक शुक्रवार महिलाओं को सुहाग की सामग्री आपको दान करनी रहेगी अब सुहाग की सामग्री में मेहंदी आ गई चूड़ी आ गई बिंदी आ गई सिंदूर आ गया काजल आ गया ये सब चीजें आप लेकर के दान कर सकते हैं कंघी आ गई शीसा आ गया कोई क्रीम पाउडर ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है चीज़ें हो गई दूसरा आपको बताना चाहेंगे आर्थिक स्थिति आपकी इसमें बहुत अच्छी हो इसके लिए श्री मंत्र का आप लोगों को उच्चारण करना रहेगा मानसिक जाप करना रहेगा प्रतिदिन राहु स्त्रोत का आप लोगों को नित्य पाठ करना रहेगा चूंकि मंगल राहू का अंगारक दोष बना हुआ है तो कहीं कहीं पर आप बहुत उग्र होते हुए नजर आएंगे दूसरा केतु स्त्रोत का भी आप लोगों को नित्य पाठ करना रहेगा एक बात और बता दें गणपति याथरो का पाठ आप लोगों के लिए प्रत्येक कार्य में विजय दिलाकर के लाएगा शनिवार को अपने हाथों से आप कुछ बनाइए और मजदूरों को आपको जो है खिलाना रहेगा आप शनिवार को इवन चाय भी बना सकते हैं अदरक वाली चाय बना करके आप लोग मजदूर को दे सकते हैं देखिए अदरक में भी शनि का जो है मतलब वो रहता है आधिपत्य रहता है चाय पत्ती पर भी शनि का आधिपत्य रहता है और लेबर क्लास मजदूर तो इनको यदि आप करते हैं तो आपके शनिदेव बड़े प्रसन्न होंगे केसर का तिलक मस्तक जिभ्या नाभि पर आप लोगों को प्रतिदिन लगाना रहेगा और कुछ अंश केसर का आपको दूध के साथ या किसी स्वीट मिठाई के साथ आपको खाना रहेगा तो ये सब आप लोग प्रयोग करिए आप लोगों के लिए पूरा माह बहुत अच्छा जाएगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार